गाँव की जिंदगी भी क्या जिंदगी है शहरों में तो हर तरफ गंदगी है यहाँ तन से भी ज़्यादा मन के गंदे लोग जिनको देखकर मेरी रूह कांप जाती है और मुझे पसंद तो तू ही है मेरे गाँव पर पता नहीं कौन सी मजबूरी है जो मुझे हर बार शहर की चलाती है हेलो नमस्कार एंड वेलकम स्वागत है आप सभी का मेरे फर्स्ट ब्लॉग में तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी तो चैनल कैटेगरी कुछ और है और ही मैं क्या करने लग गया तो मैं क्या करूँ जो नज़ारे मैंने देखे मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ क्योंकि शहरों में तो ऐसे नज़ारे देखने को मिलते नहीं और शायरी की चिंता आप मत कीजिए क्योंकि वो आपको सुनने को मिलती रहेंगी लोग व्लॉग बनाते हैं शिमला और मनाली का पर किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि हमारे पास जो है जितना है उसी में खुश रहना चाहिए मेरा यू सोचना भी किसी मन्नत से कम नहीं और मेरा गाँव मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ये हैं रास्ते के कुछ नज़ारे देखिए और मजा लीजिए दोस्तों आप जानते हैं ये कौन सी नदी है नहीं पता चलिए मैं ही बता देता हूँ ये है चंबल नदी और एक बात बताऊँ ये चंबल नदी यहाँ पर बॉर्डर का काम करती है इसके एक पार उत्तर प्रदेश है और दूसरे पार मध्य प्रदेश है ना ये कमाल की बात तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने गाँव में और ये है खिन्नी का पेड़ बहुत ही कम लगते हैं ये पेड़ और इस पर जो फल लगता है वो भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है अरे गाइज मैं आपको ये तो बताना भूल गया कि मैं अभी कहाँ पर आया हुआ हूँ तो एक्चुअली मैं रक्षाबंधन पर अपनी नानी के घर आया हुआ हूँ और ये लोकेशन है जिला भिंड गांव बाराकला मध्य प्रदेश में और नज़ारा आप देख ही सकते हैं तो दो दो दो तो दोस्तों ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा नानी का घर ध्यान से देखिए ये यहाँ पे बछड़ा है यहाँ पर ये पेड़ कितना अच्छा लग रहा है तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने घर की छत पर और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ तो देखिए देखिए देखिए और ये देखिए ये खेत और खुला आसमा कितना अच्छा लग रहा है तो चलिए इसी बात पर सुनाते हैं कुछ आपको ऐसी खुली जमी हो ऐसा खुला आसमा हो ऐसी खुली जमी हो ऐसा खुला आसमा हो मैं रह जाऊँ यहीं पर और वक्त भी थमाओ। हो ये शांति ये हरियाली हर तरफ खुशी की बहाली लगता है ऐसे जैसे कोई दूसरा ही जहाँ हो जितनी बार देखो उतना कम लगता है बस देखते ही रहो तो अब हम आ चुके हैं गांव के सबसे पास वाले स्कूल में देखिए लिखा भी हुआ है शासकीय हाई स्कूल यहां पर हर दीवारों पर आप देखेंगे तो स्लोगन लिखे हुए हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है गांव में जागरूकता फैलाने के लिए वैसे तो अभी ताला लगा हुआ है पर हमें रास्ते बहुत पता है तो चलिए चलते हैं स्कूल के अंदर तो देखिए एंट्र कर चुके हैं हम चलिए घूमते हैं ये देखिए झूला है तो चलिए इस पर झूलते हैं ज़रा तो ये देखिए ये क्लासरूम्स हैं आपको दिखाई दे रही होंगी तो चलिए इसी के अंदर चलते हैं अभी कोरोना की वजह से ताला लगा पड़ा है हर तरफ क्लासेस सारी ऑनलाइन चल रही हैं देखिए देख सकते हैं आप सब और ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी देखिए स्कूल के अंदर ही सरस्वती माता का मंदिर बना रखा है सरस्वती माता जो कि विद्या की देवी हैं नमन है मेरा उनको आप देख सकते हैं कि स्कूल में चारों तरफ कितनी हरियाली है जो कि बहुत ही अच्छी बात है यहाँ ये पेड़ लगा है ये पेड़ किसका है ये तो मुझे भी पता नहीं चल पा रहा है पर आप देखिए यहाँ चारों तरफ कितनी हरियाली है तो आप देख सकते हैं यहाँ कितने अच्छे से टाइल्स लगा रखी हैं और ये सरकारी स्कूल है जी हाँ ये सरकारी स्कूल ही है बहुत ही अच्छी व्यवस्था करा रखी है यहाँ गवरमेंट ने तो गाइस अभी हम जिसके ऊपर खड़े हैं ये एक कुआ है जिसको ढक दिया गया है आप देख सकते हैं इसके अंदर बस ज़्यादा अंदर मत ले जा तो अब आपको ये जो सपाट सी जमीन दिख रही है इसको आप पार्क मत समझ लेना ये दल दल है और ये मत समझ लेना कि ये कम गहरा होगा ये बहुत गहरा है देखिए मैं इसमें आपको एक पत्थर मार के दिखाता हूँ काफ़ी बड़ा है और काफ़ी दूर तक फैला हुआ है ये तो दोस्तों ये भी वही तालाब है जो हमने अभी आपको दिखाया था ये काफ़ी बड़ा है तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी प्रथा है यहाँ पर रक्षाबंधन से एक दो हफ्ते पहले मटके में गेहूं के दानों को बो दिया जाता है जिससे कि उनमें पौधा उग जाता है और फिर रक्षाबंधन के दिन उन पौधों को निकाल कर, मटके को इस तालाब में फेंक दिया जाता है फिर उन सारे पौधों को एक एक करके पूरे गांव में थोड़ा थोड़ा करके बांटा जाता है और उनके पैर चो जाते हैं तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी देखिए मेरे पास इसका एक वीडियो क्लिप भी है मैं अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है जल्दी से कमेंट करके बताइए और इसका पार्ट टू बहुत ही जल्दी लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय